नमस्कार को स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पंद्रह पे 15 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल, राशि भविष्य क्या कहती है शुभ अंक शुभ रंग और मेष से लेकर मीन राशि तक के हमारे जो जातक ये वीडियो देख रहे हैं प्रत्येक राशि के लिए क्या ऐसा शुभ उपाय है कि पूरा दिन उनका आज का शुभ आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि पंद्रह अगस्त की जो आज की पूर्व संध्या पे है बहुत बहुत सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था आज के ही दिन खुली हवा में जो है सांस लिए थे तो जितने भी हमारे दर्शक के वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन ज़्यादा नहीं सिर्फ पाँच मिनट उन बलिदानियों को दे दें उनको याद करें और ऐसा सत्कर्म करें कि हाँ उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए बहुत ही हम लोगों को आजादी का क्या जो है मतलब पता भाई खुली हवा में जो है जन्म हुआ खुली हवा में सांस ले रहे हैं लेकिन जिनके कारण हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनको नहीं भुलाना चाहिए तमाम आजकल ऐसी देशद्रोही ताकते लगी हैं जो अपने देश को जो है तोड़ने पर लगी हैं आमादा हुई हैं देश के अंदर ही वो खाते अपने देश का ही हैं लेकिन जो है उनकी आत्मा कहीं और विचरण किया करती है तो ऐसे मक्कार लोगों से जो है हम लोगों को अपने देश को बचाना रहेगा और ये देश सभी का है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हम सभी लोगों का यह ये देश परिवार है सब लोगों को मिलकर रहना है जिन लोगों ने बलिदान दिया है ऐसा मत हो कि उनकी आत्मा को कोई पीड़ा पहुँचे तो आप लोग भी जो है हर एक काम अच्छे से करिए देशभक्ति से करिए ऐसा नहीं है कि सब काम की जिम्मेदारी सरकार की ही है सपोज करिए जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं रोड पर फेंक देते हैं गलत है अपने देश के साथ ही गंदगी कर रहे हैं कहीं पर अभी हमने एक वीडियो देखा था कि कोई कावरिया था वो एक कार को तोड़ फोड़ के जो है तहस नहस कर दिया गलत चीज है ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए तमाम हम लोग जो है अपनी विरासतों को जो है क्षति पहुंचाते हैं ये पुराना वीडियो देख थे बम्बई के आज़ाद मैदान का वहां पर भी तमाम जो है ताकते जो दो देशद्रोही थी उन्होंने ही जो है अपने देश को क्षति पहुंचा रहे थे देश की स्मारकों को धरोहरों को तोड़ रहे थे तो ये सब बहुत गलत चीज़ है तो आज के दिन ये सभी लोग ये शपथ लें कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे हम कोई रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहे हैं रुपये पैसे तो सब कोई दे देते हैं आपके शारीरिक श्रम की बात कर रहे हैं एक एक पौधे का आप लोग रोपण कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन खास करके पीपल का वृक्ष अगर आप जो तो है लगा देते हैं तो कहने ही क्या है 100% ऑक्सीजन छोड़ती है लेकिन पीपल वृक्ष लगाने के बाद आपको भूल नहीं जाना है उसकी आपको सेवा भी करनी है तो हमारे कहने से अगर आप लोग हमको इतना सा भी सम्मान देते हैं थोड़ा सा भी कुछ सम्मान देते हैं तो वृक्षारोपण करिएगा शुद्ध वातावरण जो है रहेगा ऑक्सीजन 100 परसेंट पीपल का पौधा ऐसा है जो छोड़ता है और आपके भाग्य में भी जो अभी तक गतिरोध आ रहा था तो गतिरोध भी खत्म कर देगा इस चीज का दावा है पूर्ण विश्वास के साथ आप मनोयोग के साथ लगाइएगा इस देश को साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है जैसे आप अपने घर के अंदर साफ सफाई करते हैं उसी तरह आपको घर के बाहर भी साफ सफाई रखनी होगी ये नहीं कि आप कोई भी चीज खाए कार से आप लोग जा रहे हैं केले का छिड़का रोड पर कुरकुरे खाए बच्चे लोग रोड पर पेप्सी पिए रोड पर बिस्लरी पिए रोड पर ये सब क्या है उसको आप एक पन्नी में या कागज के उसमें इकट्ठा करके उसको डस्टबिन में डाल दीजिए तो इतना हाथ जोड़कर निवेदन है करिएगा और दर्शकों चलिए अब अपने हम पंचांग पर बढ़ते हैं तो असाढ़ शुक्ल पक्ष श्रावण मास चल रहा है सक संबत उन्नीस विक्रम संबत दो और आज जो तिथि है सुबह तीन बजकर उनतीस मिनट तक की चतुर्थी तिथि रहेगी उसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी हस्त नक्षत्र रहेगा सोलह बजकर चौदह मिनट तक की उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र लग जाएगा बेसिकली हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आज कन्या राशि में गोचर करेंगे इसके साथ साथ सूर्योदय की यदि आज हम बात करें ये पंचांग दर्शकों हमारा जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक बना करके बनाया गया है तो प्रातः पांच बजकर पचास मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को सात बजे राहु काले कैसा काले कैसा राहुकाल एक दौरान आपको शुभ कार्यों को करने से बचना है तो जो राहु काल का समय रहेगा हमारा जो राहु काल है ये रहेगा बारह बजकर पच्चीस मिनट से चौदह बजकर तीन मिनट तक की आप अगर शुभ कार्य करना है तो सुबह आपको दस बजकर इकतीस मिनट से बारह बजकर दो मिनट तक की कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा शुभ मुहूर्त रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों आज जो है दिशा की बात करें तो बुधवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत ही ज्यादा अति आज के दिन यात्रा करना हो तो धनिया जानते होंगे तो धनिया खा लीजिए तिल की वस्तु इलायची खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों पंचमी तिथि विशेष हम आपको आज बताए दे रहे हैं क्योंकि पंचमी तिथि आज है तो पंचमी तिथि को जो है बिल्ब फल अर्थात बेल का फल बिल्ब फल और षष्ठी तिथि जो आ जाएगी उसमें तेल कर्म जैसे तेल मालिश हो गया बालों पे आप लोग तेल रख देते हैं इन सब का वर्जन होता है पंचमी तिथि को खट्टी वस्तुओं का दान और भक्षण अर्थात खाना इन दोनों चीजों की मनाही रहती है पंचमी तिथि धन प्रदि तिथि मानी जाती है शुभ तिथि मानी जाती है इस दिन अगर आप कोई उपाय कर लेते हैं धन से संबंधित तो आने वाली जो मार्ग में बाधाएं हैं वो स्वतः खत्म हो जाएगी और इस तिथि को जो है पूरा नाम से विख्यात ये तिथि है इसके जो स्वामी हैं नागराज वासुकी जी हैं। तो दर्शकों ये तो था देखिए कुछ जो है विशेष तिथि से रिलेटेड जो है हमने आपको बता दिया अब दर्शकों एक बात और बता दें राशियों का गोचर किन पर रहेगा हमारे एक जो है दर्शक हैं गोंडा के ही हैं तो उन्होंने कहा था कि पंडित जी यदि हो सके तो कौन सा ग्रह किस राशि में है उसको आप लिख कर दिखा दीजिए तो लिख कर नहीं हम आपको बताए दे रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है ये हम आपको बता सकते हैं तो सूर्य का जो गोचर है ये कर्क राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं चंद्रमा आज कन्या राशि में गोचर करेंगे और अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में रहेंगे वहीं मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध प्राया कर्क राशि में गुरु तुला राशि में शुक्र जो है अपनी राशी, कन्या राशि में गोचर कर रहा है वहीं शनि की यदि हम बात करें तो शनि का गोचर धनु राशि में है राहु क्रमशाह कर्क और केतु क्रमशाह मकर राशि में गोचर कर रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों कल एक हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के ठीक है कितने जो है कलाएं थी कितने कलाओं से भगवान श्री कृष्ण युक्त थे क्योंकि आप सभी लोग लिखते हैं ना शादर जय श्री कृष्ण राम राम जी तो अब हम एक क्वेश्चन इस पर पूछना सबसे शुरू करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कितने कलाओं से युक्त थे सभी दर्शकों ने लगभग सही उत्तर दिया है एक दो लोगों को छोड़कर तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण सोलह कलाओं से युक्त थे कौन कौन सी वो कला है अपने इसी राशिफल में हम आगे बताएंगे आप हमारे साथ बने रहिएगा जानकारी बहुत ही अच्छी आपका ज्ञानार्जन भी बहुत अच्छा होगा चलिए मेष राशि की ओर बढ़ते हैं तो मेष राशि के जातकों आज का जो ये राशिफल है आने वाले दिनों में किए गए कार्यो से आज आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है शिक्षा या यात्रा से संबंधित कार्यक्रम सफल हो सकता है आज कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है वहीं ऑफिस पर अपना काम किसी के भरोसे छोड़कर मत जाइएगा आमदनी में वृद्धि के योग हैं। और बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित आप करते हुए दिख रहे हैं भागीदारी में नए प्रस्ताव पार्टनरशिप में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से आज आपको बचना है तो करना क्या है मेष राशि के जातकों को मेष राशि के जातकों आज तांबे के पात्र में यदि आप जल का सेवन करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा और दूसरा गणेश का एक बार आप पाठ कर लीजिएगा बहुत उत्तम रहेगा शुभ कलर की यदि हम बात करें मेष राशि के जातकों के लिए तो आज के लिए लाइट ग्रीन कलर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक की यदि आज हम बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा आपको बी नाम बी फॉर बॉम्बे और वी फॉर बैन इन दोनों नेम की स्पेलिंग से प्राय बचना रहेगा और इन लोगों को आज कोई आप मत योजना बना रहे हैं उसको आप धरातल स्तर पर उतारते हुए दिख रहे हैं विशेष करके जो लोग अभी तक अविवाहित है वृषभ राशि को तो विवाह का कोई नया प्रस्ताव भी आज मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ आमदनी के नए नए आयाम नए नए स्रोत खुलेंगे वृषभ राश के जातकों आज कार्य क्षेत्र के लिए आप कहीं पर जो है यात्रा करते हुए दिख रहे हैं बाहर जा सकते हैं और आपका काम कुल मिलाकर के बनता हुआ दिख रहा है वृषभ राश के जातकों के लिए जो उनकी संतान पक्ष हैं उनके स्वास्थ्य का आज, आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा इसके साथ साथ उपाय की यदि आज हम बात करें कि वृषभ राश के जात, जातक क्या उपाय करें तो भगवान भोलेनाथ पर आज दूध से अभिषेक करना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से और दूध से अभिषेक करने के बाद जो आप दूध चढ़ाएंगे इससे अनामिका उंगली से लेकर आप तिलक लगा लीजिएगा बस इतना छोटा सा आज आपको कार्य करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो हाँ वाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की यदि आज हम बात करें तो अंक छुभ अंक रहेगा आपको एम नाम नाम के लोगों से विशेष सावधानी रखने की जरूरत है तो अगली राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज खुद को थोड़ा शांत रखिएगा पेशेंस बनाए रखिएगा दूसरों की नकारात्मकता से दूसरों की नेगेटिविटी आज आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है और मनोरंजन के कामों में आज आपका बहुत मन लगेगा इसके साथ साथ सुस्ती और आलस्य आज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मिथुन राशि के को किसी काम में में बहुत मत करिएगा अचानक निवेश हो सकता है जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा आज फालतू के खर्चों पर आपको कंट्रोल करना रहेगा और हाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आज आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी लव पार्टनर के लिए आज ठीक ठाक ही दिन रहने वाला है तो आज करना क्या है देखिए मक्के का आटा इसका अगर आज आप दान धर्म स्थान स्थान पर कर सकते हैं धर्मस्थल पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा चलिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो ग्रीन कलर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन शुभ अंक रहेगा और आपको एम नाम और आई नाम के लोगों से विशेष सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कर्क राशि के जातकों जो है चंद्रमा का गोचर आज कन्या राशि में रहेगा तो कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा मानसिक वेदना का दिन रहेगा मानसिक पीड़ा भरा दिन रहेगा मेहनत आज आपको बहुत ज्यादा करनी रहेगी कोई भी काम बहुत आसानी से सिद्ध होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है अटके हुए काम आज तक की पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं कुछ पुराने लोगों के सहयोग से खास काम पूरे का रिश्ते संयम रखने की जरूरत है, है उच्चाधिकारियों के सामने कोई बिगाड़ता हुआ नजर आएगा मेहनत ज्यादा रहेगी और फालतू खर्च बहुत होगा आज वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना रहेगा वाहन बहुत सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना है तो कर्क राशि के जातकों करना क्या है आज आपको आज प्रातः काल जल में थोड़ा सा तिल डाल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ को रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक कराइएगा इसके साथ साथ कर्क राशि के जो जातक हैं इनके लिए शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो लाइट पिंक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार शुभ अंक रहेगा सी नाम ई नाम के लोगों से विशेष सावधानी रखने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है तो दर्शकों हमने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं से युक्त थे तो कई लोगों ने कहा 16 कलाओं से युक्त थे कुछ लोगों ने कहा 64 कलाओं से युक्त थे तो सही उत्तर इसका ये है कि भगवान श्री कृष्ण सोलह कलाओं से युक्त थे जिन्होंने चौसठ जवाब दिया तो चौसठ योगिनी होती है कलाएं सोलह होती है पूर्ण अवतार थे सम्पूर्ण अवतार थे सोलह कलाओं से युक्त थे यही एक ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण अवतार जो है अपना लिया है और ये जो सोलह अवतार हैं ये कौन कौन से हैं तो पहली है श्री संपदा दूसरी है भू संपदा देखिए पूरे भूलोक के वो मालिक थे कीर्ति वाणी सम्मोन बोलते थे तो मंत्र मुग्ध कर देते थे श्रीमद् भागवत पुराण अभी भी आप सब लोग सुनते हैं जब सुनने बैठते हैं तो एक टकटकी लगा सुनते रहते हैं तो ये भगवान की ही लीला है तो उनकी वाणी में ऐसा सम्मोहन था ऐसा जादू था कि सभी लोग मंत्र हो जाते थे इसके बाद जो आती है कला वो है लीला लीलाधारी कांति उनके चेहरे पर कितनी कांति थी यशोदा मैया को जब उन्होंने जो है मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया था चौंक गई थी अरे फिर आती है विद्या संपूर्ण विद्याओं में निपुण से सोलह दिन में ही सभी चीजों का जो है शास्त्रों का वेदों का इन्होंने जो है अध्ययन कर लिया था फिर आता है बिमला फिर आता है उत्कर्षणी फिर आता है नीर क्षीर कर्मता योग शक्ति देखिये योग शक्ति कितनी बहुत बड़ी अपने आप में बात है योग शक्ति की जो है बात ऋषि मुनि भी करते थे और भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के योगों में वो निपुण थे हम कुछ उपाय बताते हैं आप लोगों को योग के माध्यम से करने के लिए तो कहीं ना कहीं ये भगवान से और आप को भगवान से कनेक्ट कराने का एक माध्यम है अब जैसे हम बोलते हैं ओम का आपको जप करना रहता है अंधेरे कमरे हमारे कुछ उपाय हैं जो हम बोल देते हैं कि बिल्कुल कमरा बंद करके अंधेरे कमरे में बैठ के कम से कम आप लोगों को ध्यान करना है मेडिटेशन करना है 10 मिनट आपको ओम का जो है आपको उच्चारण करना है भ्रामरी प्राणायाम करना है अनुलोम विलोम करना है सूर्य नमस्कार करना है तो ये सब योग की ही शक्ति है पहले के समय में जिम नहीं था सूर्य नमस्कार जो कर लेते थे संपूर्ण अपने आप में वो जिम हो जाता था मक्खन मिश्री खा करके श्री कृष्ण जी ने कंस को पटका था सोच लीजिए कितना उनके अंदर ताकत था उसके बाद आती है जो हमारी जो है कला आती है ये आती है विनय फिर आती है सत्य धारणा फिर आता है आधिपत्य और फिर आती है अनुग्रह क्षमता अनुग्रह क्षमता मतलब भगवान सभी को क्षमा कर देते थे कितने दयालु भगवान थे कितने लोगों को उन्होंने जो है दर्शन दिए और मतलब कुछ स्पीचलेस है बोल ही नहीं सकते हैं तो ये उनकी सोलह कलाएं थी चलिए सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सरकारी नौकरी का यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो सिंह राष्ट्र के जातकों के लिए बहुत अच्छा आज का दिन रहने वाला है परिवार और पैसों के मामले में आज बहुत व्यस्त हो। आप नजर आएंगे पुरानी परेशानी आज खत्म होने का योग है सेहत में आज आपके सुधार होती हुई नजर आएगी इसके साथ साथ सिंह राश के जातकों आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है जो राज की होंगी और आपके बहुत फायदे में होगी काम आएंगे दिन भर व्यस्तता रहेगी भागदौड़ भरी दिनचर्या रहेगी आज आपको जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे मधुर रखने हैं क्योंकि ग्रह गोचर सितारे यही कह रहे हैं कि संबंध अच्छे नहीं रहेंगे कोई नया वाहन क्रय करने का और प्रॉपर्टी क्रय करने का योग दिख रहा है और नौकरी पेशा लोगों के लिए खास करके आज कुछ तनाव हो सकती है तो कोशिश कीजिएगा योग का सहारा लीजिएगा प्राणायाम का आज आपको सहारा लेना है और व्यस्तता आपकी रहेगी करना क्या है आज आपको आज भगवान भोलेनाथ पर मलयागिरी चंदन चढ़ा करके जल से गंगा जल से अभिषेक कर दीजिएगा बहुत बेहतर रहेगा चलिए शुभ कलर की बात कर देते हैं तो आपके लिए सिलेटी कलर आज का शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करते हैं तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा हाँ आपको ओ नाम जी नाम के लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है कन्या राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कन्या राशि पर आगे बढ़े हाँ कन्या राशि ले जी, हैं। हैं। जी, तो जी पा लगी पूनम जी लिखते हैं नमस्कार, जी, पूनम जी, नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है बिना जी लिखते हैं प्रणाम गुरु जी बिना जी प्रणाम तान्या आप बहुत अच्छे से हर बात बताते हैं और समझाते हैं ये बहुत अच्छा लगता है और मेरी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि आती है तो मैं उसे देख सकती हूँ ना तान्या जी बिल्कुल आप देख सकती हैं तान्या जी लिखते हैं नमस्ते आशीष भैया तान्या जी बहुत बहुत नमस्कार रक्षाबंधन के लिए आप सभी बहनों के लिए कुछ खास रहेगा हमारे तरफ से कुछ उपहार रहेगा जितनी हमारी बहनें हैं और डी कपिल जी फरीदाबाद से कपिल जी प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर लीजिए गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं वो कांवरियेवरिये नहीं थे अरे कोई थे लेकिन स्वागत है आप सभी का यहाँ पर किसी के लिए हमारे लिए जो है अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके लिए हमारे लिए कोई दया दृष्टि नहीं है ये देश सबका है अगर कांवरियो के ऊपर भी कुछ हुआ था तो उनको पुलिस में जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी अपने हाथ इंसाफ नहीं करना चाहिए था चलिए कन्या राशि की बात करें आपके मन में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे आज आज वो खत्म होते हुए नजार आएंगे। आज आप प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा और नई प्लानिंग बनाकर चलिएगा आज में, खास करके व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही आलस से भरा आज का दिन रहेगा समय रहेगा जो आप सोचे हैं उतना कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है अचानक यात्रा का योग बन सकता है हाँ बिजनेस के कुछ कॉन्ट्रेक्ट बनते हुए नजर आएंगे जिनसे आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है थोड़े सावधान रहिएगा आपके, मतलब आपके तो पैसों को लेकर भी आज चिंता रह सकती है पैसों की जो हमने बात की है कि चिंता रहेगी आज किसी से उधार मत मांगिएगा वरना आप चुका नहीं पाएंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अविवाहित लोगों को आज मिलते हुए नजर आएंगे पार्टनर की भावनाओं का कदर करिएगा लव लाइफ की समस्याएं खत्म होने से आज आप खुश रहेंगे किसी भी तरीके का आज आपको नशा नहीं करना है गणेश अथर्व शीर्ट का पाठ करिएगा दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भी आज आपको पढ़ना रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर है अंक सात शुभ अंक है आपको ए नाम एम नाम के लोगों से बचना है लिब्रा अच्छा कुछ एक कमेंट आया था कि एक साहब पूछ रहे थे कि ये जो आप बताते हैं कि इतने इन, इन नेम की स्पेलिंग से आपको बचना ये आप किस आधार पर बताते हैं तो देखिए ये जो है मित्र राशियां शत्रु राशियां चंद्रमा का गोचर कई चीजें डिपेंड रहती है मंगल जैसे मकर राशि में गोचर कर रहा है मकर राशि का साइन क्या है और कुछ सिक्सेंस भी होता है बोल दिया जाता है वो होता है ना मनुस्मृति में भी लिखा है, जो बोल देता है तो जनार्दन काशि के, तो के, के जात को आज अपने आप को खुद को शांत आपको रखना है खुद को खुश रखने की कोशिश करिएगा आज आप किसी खास इंसान से पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होता हुआ नजर आएगा करियर के मामले को लेकर काफी अच्छी स्थिति बन रही है प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे कामकाज से जुड़ी योजनाएं पूरी होंगी किए गए कामों का फल आज आपको मिल सकता है अधिकारी और कर्मचारी आपकी बात मानेंगे। जीवन आज अच्छा जीवन आज आज साथी का यात्राओं का योग बन रहा है आज पिता के साथ कुछ गलतफहमी आपकी हो सकती है छोड़ दीजिएगा पिता नहीं है आपके कोई अनबन मत करिएगा अन्यथा आप ही हानि उठाएंगे और लव लाइफ आपकी सामान्य रहेगी आज आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाना रहेगा और उसको गरीब बच्चों में बांटना रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर शुभ कलर रहेगा अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा के लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो जो कोई बहुत बड़ा काम करने का दिन है रुका हुआ काम आज फिर से शुरू हो सकता है कुछ निवेश से आपको फायदा होता करने वाली किसी काम से आज आज आपको हो कई तरीके के काम निपटाने पड़ सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सावधान रहिएगा किस्मत और अपने ही लोगों का साथ आज आपको मिल सकता है आज कुछ आपको हल्का महसूस होगा धन लाभ हो सकता है आप किसी फैसले पर आज नहीं टिकाएंगे डामाडोल स्थितिया रहेंगी और आज काम से जी जुराएंगे तो ऐसा मत करिएगा काम करिएगा अपना हाँ एक चीज और पुराने किसी जो है लव अफेयर के साथ आपकी मुलाकात संभव है सावधान रहिएगा लव पार्टनर पर खर्च बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा करना क्या है विष्णु सहस नाम का आज आपको पाठ करना रहेगा यश मात्र संसार बंधना श्रे विष्णे प्रभु विष्णवे तो ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ विष्णु सहस का पाठ कर लीजिएगा 45-50 मिनट लगेगा मजा आ जाएगा आनंद आ जाएगा पाठ करने में शुभ कलर की बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर है अंक आठ आपका शुभ अंक है पी नाम क्यों नाम के लोगों से सावधान रहना है सेजिटेरियस राशि कल धनु राशि बताना ही भूल गए हमारी बिटिया रानी आ गई तो उसी चक्कर में हमको लगता है ध्यान से उतर गया तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा है लेकिन हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया था कि धनु राशि का आज का दिन कैसा रहेगा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा और दर्शकों यदि अभी तक आप हमारी फेसबुक पेज पर नहीं गए हैं तो हमारा फेसबुक जो पेज है एस्ट्रोविद आशीष का पेज है उस पर आप जाइए और उस पेज को लाइक कर लीजिए ट्विटर ट्विटर पर अगर आपको हमको फॉलो करना है कोई क्वेश्चन है आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं तो आशीष को कोशिश करेंगे तो काम आपका हो जाएगा किस्मत का साथ आज मिलता हुआ दिख रहा है आज, आज आपका पराक्रम बढ़ सकता है इनकम भी बढ़ेगी आपके अंदाज तेवर और तौर तरीकों में एक खास चमक महसूस हो सकती है आपकी ऊर्जा से आज लोग प्रभावित हो सकते हैं वाहन या मकान खरीदने का मन बन सकता है और चंद्रमा आज आपके कुछ फेवर में भी रहेगा महत्वपूर्ण लोगों और खास तौर से अधिकारियों के साथ अपने व्यवहार में सावधानी रखिए सारे काम आपकी इच्छा के अनुसार आज होते हुए नजर आएंगे सेजिटेरियर धनुराश के जातकों आज करना क्या है करना ये है कि आज आपको जो है पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके जो है चढ़ाना रहेगा इसके बाद आप घर आकर के दुर्गा सप्ती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत इसका आज आपको पाठ करना रहेगा आपके लिए येलो कलर शुभ कलर है अंक नौ शुभ अंक है आपको टी नाम आर नाम के लोगों से बचना है सावधान रहना है कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन पर आगे बढ़े उससे पहले एक टास्क दे देते हैं आज कोई धार्मिक चीज नहीं चूंकि पंद्रह अगस्त का दिन है देश हमारा आजाद हुआ था हमने जो थम्बनील लगाई है ऊपर देखिए अपना जो है भारत का तिरंगा झंडा और उसके अगल बगल में लिखा है जय हिंद तो ये जो जय हिंद है क्वेश्चन हमारा यहीं से होगा ये जो जय हिंद है इसका नारा किसने दिया था देखते कितने लोग बता पाते हैं अभी तो हमारा जो है कैप्रिकॉन अब स्टार्ट होने वाला है तो मीन राशि तक देखते कितने लोग बताते हैं और कल इसका हम सही उत्तर आपको देंगे कि प्लीज आप लोग गूगल मत करिएगा आपके अंदर कितनी बुद्धि है कितना विवेक है ये थोड़ा हम भी देखें कि ये का नारा किसने दिया था कितने लोगों को अभी पता है कैप्रिकॉन की बात करें तो आज खुद को शांत रखिएगा जो योजनाएं बनती आ रही हैं आज नहीं लेकिन आने वाले दिनों में आज लाभ आपको देती हुई नजर आएंगे आपको आज कुछ अच्छे अवसर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के मामलों पर आज आपको काफी समय भी देना पड़ सकता है आज नौकरी पैसा और बिजनेस वालों के लिए जो ज, ज, जो जरूरी काम होगा वो निपटाते हुए नजर आएंगे आपकी झुंझलाहट आज बढ़ सकती है दूसरों के झगड़े में यदि आज, आज आप कूदेंगे तो आपको हानि का सामना करना पड़ेगा अधिकारियों से कुछ खास मामलों में आज बातचीत होती हुई नजर आएगी और शाम तक की वो बात पूर्ण हो जाएगी लव लाइफ के लिए आज ठीक ठाक दिन रहने वाला जीवन साथी के साथ स्वस्थ शब्दों का स्वस्थ भाषाओं का प्रयोग करिएगा अच्छी वाणी बोलिएगा और पुराने निवेश से जो आपने किए होंगे आज कुछ आपको लाभ देते हुए जाएंगे लेकिन खर्च आज बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेस करने का योग बन रहा है गन्ने के रस से आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्राउन कलर शुभ कलर है अंक छे शुभ अंक है ओ नाम पी नाम टी ती नाम तीन नाम है बचे रहिएगा महाराज आप लोग एक्वायर्स एक कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कुंभ राशि के जातकों आज आपको अपनी प्लानिंग पर बहुत बारीकियों से विचार करना पड़ेगा माता पिता और भाई बहनों का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आज बहुत से अधूरे काम हैं जो बनते हुए नजर आएंगे किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आज, आज आपकी मुलाकात संभव है जो आगे आने वाले समय में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो किसी नए रिश्ते की आज जो है शुरुआत हो सकती है हाँ तनाव बढ़ने का देखिए योग है आज कुछ परेशान होते हुए नजर आ रहे अनिश्चितताओं वाला दिन है पैसों से जुड़े मामले सुलझाने हो तो एक्स्ट्रा सावधानी रखिए पैसों को लेकर किसी के साथ कोई उलझन या अनबन हो सकती है और सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा इससे आपको थोड़ा सा जो है सावधान रहना होगा हाँ संतुलित आहार बैलेंस डाइट करिएगा कभी भी फूल से जंक फूड मत खाइए एल्कोहल मत सेवन करिए नॉन वेज छोड़ दीजिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि के लिए अन्यथा बहुत दिक्कत में आप लोग फंस जाएंगे तो करना क्या है आज आपको आज रुद्राष्टक का पाठ करना रहेगा भगवान भोलेनाथ का है और भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर आपको तिल के तेल से थोड़ा सा अभिषेक करने के बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर दीजिएगा ब्लैक कलर शुभ कलर है आर नाम सी नाम ए नाम एम नाम आरसीएम इतने नाम की स्पेलिंग के स्पेलिंग लोगों से बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है चलिए अंतिम राशि की ओर अब बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं। बढ़ते मीन राशि पाइसेस। आज का राशिफल, राशि भविष्य क्या कहती है दर्शकों प्लीज देखिए आप लोग लाइक करिए और कमेंट जरूर आप लोग किया करिए आप ही लोगों के सुझाव है जो आज हमने बताया ग्रहों का गोचर किस किस जो है राशियों में रहेगा आप ही के कहने पर बताए हैं क्वेश्चन भी हमने इसमें जो है धर्म से रिलेटेड लेना प्रारंभ कर दिया है तमाम चीजें हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए और फेसबुक पेज पर जाकर शेयर करिए किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बनी जो घंटी है इसको जरूर दबाइए जात को आज अचानक कोई बहुत बड़ी मदद आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है बहुत से रुके हुए काम आज पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं कैरियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलती हुई नजर आ रही है नई नौकरी का ऑफर आज आपको होता हुआ नजर आ रहा है और नौकरी में दूसरों के फैसले पर भरोसा नहीं करें तो अच्छा रहेगा नजदीकी लोगों से टकराव होता हुआ दिख रहा है प्रेमी जनों से कुछ बात विवाद भी आज संभव है करना क्या है आज आपको आज हाँ हनुमान चालीसा का ग्यारह बार पाठ करिएगा और दुर्गा सप्त सती का कीलक कवच अर्गला ये तीन पाठ आज आपको करना रहेगा शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो बैगनी कलर शुभ कलर रहेगा अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा और सी नाम के नाम पी नाम इतने लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है आवश्यकता है तो ये तो था हमारा संपूर्ण राशिफल अब कुछ कमेंट ले लेते हैं करण जी लिखते हैं प्रणाम आशीष जी आर्ट्रिक्स मेरी राशि बता दीजिए बिल्कुल बता देंगे सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं प्लीज देखिए नेवी का एग्जाम आपने दिया है एक काम करिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है प्रॉपर चैनल से आइए अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवा लीजिए शुल्क के साथ ये सुविधा है अब आप कहेंगे साहब फीस लेते हैं आशीष जी बहुत लालची हो गए हैं पंडित जी बहुत लालची हो गए तमाम कई लोग कहते हैं दर्शकों एक चीज बताइए छोटी सी बात का उत्तर दीजिएगा आप लोग लोग कहते हैं फीस, और YouTube YouTube कुछ कहेंगे से बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमारी आमदनी जो है ओपन करके कुछ दिन का वेट करिए हर एक चीज आपको दिखाएंगे उन पैसों का हमने यूज कहा किया है प्रमाण के साथ आपको दिखा देंगे हमने अपने ऊपर तो कुछ प्रयोग ही उसका नहीं किया और जो रही पैसों की बात पैसा क्यों लेते हैं तो एक चीज़ आप लोग बताइए आप लोग जॉब करते हैं नौकरी करते हैं क्या फ्री में करते हैं ये बताइए अगर आप लोग फ्री में करते हैं तो बताइए यहाँ हमारे कई डॉक्टर बंधु हैं इंजीनियर बंधु देख रहे हैं तमाम सरकारी नौकरी के लोग देख रहे हैं आप लोग कोई अगर सरकार से पैसा ना लेते हो तो बताइए तो ये भी हम जो है प्रोफेशनल जो है एस्ट्रोलॉजर हैं प्रोफेशन है हमारा बाकी हम भी मदद करते हैं जो बहुत आर्थिक रूप से अक्षम लोग होते हैं उनकी बहुत मदद हम करते हैं और तमाम लोग जो हमसे मिले हैं वो जानते भी होंगे तो अगला है प्रत्यूष जी लिखते हैं लाइक इट भैया सभी लोग लाइक कर दो और शाहरु जी लिखते प्रणाम भैया शाहरुजी प्रणाम स्नेहा जी लिखते हैं भैया प्रणाम शुभ सुभाष चंद्र बोस चलिए एक सही उत्तर आया जय हिंद सुभाष बाबू ने ये नारा दिया था और जहन जहिन, जहिन करते हैं। हुआ पुलिस हुआ जहिन सर तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था इसका आज हमने उत्तर भी आपको बता दिया चलिए अब दूसरा हम प्रश्न पूछे ले रहे हैं और सोनम जी लिखती हैं मेरी भाई की बेटी का जन्म 20 अक्टूबर 2017 सुबह याद नहीं सुबह सुबह सात बजे कोलकाता आप लोग कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए चलिए आजादी का क्वेश्चन तो हो गया था अब चलते चलते एक धार्मिक क्वेश्चन ले लेते हैं आज भगवान श्री कृष्ण की बात की तमाम लोग लिखते हैं राम राम जी तो भगवान राम के बाबा का पितामह उनका क्या नाम था भगवान राम जी के बाबा का क्या नाम था आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है बताइएगा और जो सही उत्तर देगा उसके नाम की घोषणा करेंगे कल का जिन्होंने उत्तर दिया था वो कोलकाता के हैं और देखिए उनका नाम इसमें नहीं अभी याद आ रहा है लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सही उत्तर दिया था तो दर्शकों कैसा लगा हमारा राशिफल कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा तो दीजिए अपने इस को इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में और चलते चलते एक बार जो है